फिर से एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी आपके लिए ले आया हूँ जो बहुत ही इजी भी है और खाने में बहुत मज़ेदार होगी ये तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड चिकन कह सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन कह सकते हैं मसाला चिकन कह सकते हैं और ये इसको मैं बनाऊंगा अपनी ग्रिल के ऊपर और इसके लिए ख़ास कर चूँकि स्ट्रीट स्टाइल है इसके लिए हमें ख़ास चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह का एक तवा होना चाहिए ग्रिल के ऊपर रखेंगे हम और साथ में जो आपने देखा होगा वो स्ट्रीट पर जो होते हैं वो खासकर कर टका टक भी कहते हैं तो इस स्टाइल से हम आज काम करेंगे तो हमारे सामने अब सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर जो सामग्री पड़ेगी जो सामान इसमें पड़ेगा तो सबसे पहले ये चिकन आप देख लीजिए ये चिकन हमने आप इसको थाई लीजिए आप ऐसे चिकन ब्रीज से भी बना सकते हैं हंगशन ब्रज फिले जिसको कहते हैं सीना लेकिन वो सूखा आएगा उसमें वो रस नहीं आएगा वो जूस जूसेस नहीं आएंगे तो हम इसको बनाएंगे आज थाई के साथ लेग पीस की हड्डियां मैंने अलग कर दी हैं सारा फैट अलग करके वॉश करके इसको यहाँ पर रख दिया है तकरीबन एक किल एक के चिकन है हमारे पास अब चलते हैं इनके मसालों की तरफ सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी दो तरह के मसाले ज़ीरा और नमक इसके साथ फर्स्ट फ्राई होगा फिर साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी और सूखे मसालों की जिसमें कि है गरम मसाला लाल मिर्च एक चम्मच लाल मिर्च है तकरीबन एक छोटा चम्मच गरम मसाले का है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है एक छोटा चम्मच काली मिर्च है और एक छोटा चम्मच ही हल्दी है और ऐसे ही जीरा भी हमारे पास एक टेबल स्पून है और जो नमक है हमारे पास वो भी एक टेबल स्पून है आ, साथ में हमें थोड़ा सा कूटा हुआ जीरा पीसा हुआ जीरा भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में ज़रूरत पड़ेगी हमें एक कप दही की दही के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन 20-25 ग्राम आप बटर ले लीजिए दो चॉप्ट किए हुए टमाटोस फ्रेश टमाटोस टमाटोज के साथ हमें और ज़रूरत पड़ेगी लहसुन अदरक का पेस्ट और ये तकरीबन मैंने एक इंच अदरक ले लिए है और चार लहसुन के उनको मैंने पीस दिया है और इसको दर दरा पीसना है ज़्यादा आपने वो क्या कहते हैं पेस्ट नहीं बनाना ठीक है तो ये मैंने इस तरह ओखली में पीस दिया है हरी मिर्च और साथ में थोड़ा धनिया वो भी मैंने चॉप करके रख दिया है और कुकिंग ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ अगर कुछ भूल गया था तो बाद में ज़रूर आपको बताऊंगा। अब चलते हैं अपनी ग्रिल की तरफ और गर्म करते हैं तोा तो दवे को हमने ग्रिल पे रख दिया है और ये गर्म हो चुका होगा या थोड़ा थोड़ा साथ साथ गर्म होगा पहले हम डालेंगे इसमें तकरीबन चार चम्मच तेल डालेंगे और साथ में ये हम मखन का जो टुकड़ा था ये साथ में डालेंगे मखन इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमारी जो मीट है हमारा जो चिकन है वो नरम आएगा और उसके साथ तेल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये मखन जले तो इस मक्खन और तेल में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा भुनने के लिए तो जीरा साथ में इसको ज़्यादा भूनना नहीं है इसके साथ साथ हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है वो आपके लिए जा रहा हूँ ये जो हमारा दरदरा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये साथ में जाएगा इसके तो गैस इस में जा चुका है इसको थोड़ी देर भूनेंगे ज्यादा नहीं को सिर्फ हमने एक मिनट के लिए यानी 60 सेकंड के लिए ही बुना है ज़्यादा नहीं बुना इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा जो चिकन है सारा डाल देंगे इसके ऊपर और साथ में डालेंगे नमक ये सारा नमक भी आ गया इसमें तो इस तरह इसको तवे पे हम फैला फैला के खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका तरह थे। मैं की तो जब इस पेज पर आ जाए थोड़ा सा ये जो चिकन है इसका कलर वाइट सा हो जाए यानी थोड़ा सा बुनने लग जाए तो आप इसके ऊपर बाकी के जो सारे मसाले हैं ये ऐसा ऐसा छोड़ देंगे ऐसे तो सारे मसाले जा चुके हैं इसमें इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और भुनेंगे इन्हीं मसालों के साथ इस चिकन को हमारे चिकन को यहाँ पर तवे पर भुनते हुए तकरीबन तीन से चार मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर और दो हरी मिर्च जो मैंने सी उसको भी मैंने छोटा छोटा बारीक सा काट लिया है ये इसमें ऐड किया जाएगा तो मिलते हैं फिर इसको इस तरह टमाटर ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद इसको फिर से तीन से चार मिनट तक भूनना है इसी तवे पर टमाटर जब तक थोड़े से नरम हो जाते हैं इसको मैं भून रहा हूँ अभी दो ही दो हुए। एक तो और भूनेंगे इसको। तो आप चिकन को देखिए जैसे इस पेट पर आ जाए टमाटर हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं इसमें अब हम डालेंगे कर्ट दही और एक चीज जो मैं खासकर फिर से भूल गया था भूलने की थोड़ी सी बीमारी है ना शायद बुढ़ापा नजदीक आ रहा है इस वजह से आप कुछ चाहती है इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हम पीसा हुआ जीरा पाउडर जीरा पाउडर और दही के साथ साथ जो चीज़ हम फिर से भूल गए थे वो है आप ऐड करेंगे इसमें लेमन का जूस इसमें एक लेमन पूरा हमने उसका जूस जो है इसमें यूज़ करना है इससे ये चीज़ हमारा चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह हो जाएगा ए, कर्ड अपना काम करेगी नींबू अपना काम करेगा नींबू जो है और हम इसको ऐसे इस तरह से मिक्स करके फिर इसको तीन मिनट के लिए ढक देते हैं एक बाउल के साथ तो नींबू भी जा चुका है दही भी जा चुका है अब तो यहां पर जो है हीट हमारी तेज है इस साइड पे हमारी हीट जो है थोड़ी कम है इसको यहां पे रख के अब हम दो मिनट के लिए इसके ऊपर एक बॉल उल्टा करके ऐसे रख देंगे ताकि ये इसी में अपने ही जो जूसेस है उसमें पकता रहे दो मिनट बाद फिर मिलते हैं इसको डिश आउट करने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से गल रहा है आप हमारा गार्डन दिखा सकते हैं कैमरा मैन एक बार देखिए इतना अच्छा मौसम नहीं है आज फिर भी सबसे बड़ी बात यह बारिश नहीं हो रही गुलाब अपनी जगह पे मौज कर रहे हैं गुल सब कुछ निकला हुआ है सेब हैं और मेवे हैं तो चलो भगवान ने चाहा तो आपके साथ मुलाकात होती रहेगी यहाँ पर और इसी तरह की कई डिशेस आपके लिए पेश करता रहूँगा जी तो आप इसको हम देखते हैं इसका बॉल जो है ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे पका है अभी तक एक बार आखिरी ट्राई देखते हैं इसकी जो सॉस है वो कैसी बन गई है इससे पहले कि इसको डिश आउट करें हम इसको उठा दूर कर देते हैं तो आप देख रहे हैं इसकी जो सारी सॉसेस थे मसाले थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ये चिकन जो है ये बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो गया है अब इसको हम अपने कैमरे को खिला के दिखाएंगे और कैमरामैन इसको देखेगा चेक करेगा तो यहाँ पर हमारा कैमरामैन इसको खा के बताएंगे की कैसा बनाए आप खाइए खाइए और बताइए कि कैसा बनाए ये चिकन बहुत स्वादिष्ट मलाई की तरह एकदम नरम है और बिल्कुल गल गया है अंदर से तो इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूं आपको जी तो ये हम डिश आउट कर चुके हैं चिकन को इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे और आप इसको सर्व कीजिए और मजा लीजिए कि हमारा जो ये चिकन है बटर चिकन या तो चिकन ये कि किस तरीके से बनाए इसको हम ट्राई करते हैं मेरी मिसिस इसको ट्राई करेंगी आप खाइए इसको देखिए कि कैसा बनाए गरम है तो चलो हम इसको खाते हैं आप भी बनाइए अपने घरों पर अगर मुझसे कुछ राय गया था तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिखिए पूछिए कुछ पूछना चाहते हैं अब हम इसको नोश फर्मा थैंक यू